बिसम वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक किस तरह से आप बिल्कुल थिक करीमी और झागदार बना सकते हैं इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इसमें कुछ चीज़ें ऑप्शनल हैं जैसा कि क्रीम और वनीला एसेंस यूज़ करना अगर आप चाहें तो आप मत यूज़ कीजिए मैंने सबसे पहले फ्रीज स्ट्रॉबेरी ली है आप चाहें तो फ्रोज़न लें आप चाहें तो फ्रेश लें लेकिन फ्रोज़न अगर लेंगे तो उसकी झाँक बहुत अच्छी बनेगी इसको हम सबसे पहले साफ़ करके वॉश करेंगे और फिर इसे ऑलरेडी वॉश थी बट इसको हमने एक दफ़ा इसकी आइस को थोड़ा कम करने के लिए इसके लीव्स को है और दोबारा से वॉश कर लिया है अब हम इसे ट्रांसफर करेंगे अगर आप फ्रेश मिल्क यूज करें तो उसे बॉइल करके ठंडा करें दो चम्मच मैंने इसमें शुगर ऐड की है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं लीड लगा देते हैं हम ब्लैंडर में इसको डालने के बाद इसमें मैंने आइस नहीं डाली है तभी इसका जो टेक्सचर और कलर होगा वो आप देखिएगा बहुत क्रीमी बिल्कुल कॉफी की तरह जागदार और बहुत डिलीशियस बनेगी रमज़ान शरीफ के लिए इफ्तार में आप इसको ले सकते हैं और गर्मियों के सीज़न में भी ये बहुत अच्छी है और देखिए अलहमदिल्ला बहुत ज़बरदस्त क्रीमी इसका टेक्सचर है और ये देखिए बहुत थीक बनी है और इसमें मैंने कोई आइसक्रीम नहीं ऐड की है आइसक्रीम के बगैर बना के आपको दिखा रही हूँ सर्विंग कहाँ पर मैंने डाल दिया है उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी और अगर आप इसके टेस्ट को इन्हेंस करना चाहते हैं तो आप इसमें कोई भी क्रीम ऐड कर सकते हैं बट मुझे इसका यही थीक वाला फ्लेवर जो औरिजिनल है वो मुझे पसंद है और मजीद गाढ़ा करने के लिए एक बनाना ऐड कर सकते हैं मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तिलदन बाय